मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में और आज हमारी जो चर्चा का विषय है कि नौकरी प्राप्त करने के सरल उपाय क्या हैं ऐसे कौन से टिप्स हैं ज्योतिष में ऐसे कौन से आप उपाय कर ले कि चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हों फिर चाहे आप नई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये सभी पर लागू होगा और आपको आसानी से चीज़ें प्राप्त हो जाएं तो दर्शकों आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए बगल में मना बेल आइकन जरूर दबाइए और हमारा जो फेसबुक पेज है एस्ट्रोबी राशीस उसको जाकर के और इंस्टाग्राम पर भी एस्ट्रोबी राशीस को आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं तमाम हमारे जो बेरोजगार जो है दर्शक देख रहे हैं वीडियो और इनको यदि अभी तक रोजगार नहीं मिला है तो इनके लिए प्रयोग नंबर एक पहला प्रयोग जो है ये हम बताने जा रहे हैं कि देखिए सबसे पहले तो यदि आपने कोई एग्जाम दिया आपका रिजल्ट फाइनल हो गया अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं और तमाम लोगों की जो कि क्वेरी थी कि पंडित जी इंटरव्यू के लिए जरूर बताइएगा तो उसी को हम पहले रख रहे हैं इंटरव्यू देने यदि आप लोग जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा आप लोगों को करना क्या रहेगा सबसे पहले तो ब्लैक कलर को जितना अवॉइड कर सकते हैं आप लोग एवॉइड करिएगा दूसरा इंटरव्यू देने जाने से पहले आपको दही और मिश्री जानते होंगे वो भी खाड़ वाली मिश्री चीनी का प्रयोग मत करिएगा खाड़ वाली मिश्री लीजिएगा और दही लीजिएगा उसको खा करके प्रातः काल तब निकलिएगा और निकलते समय घर से जब भी आप बाहर निकलेंगे तो जो भी आपका स्वर चल रहा होगा स्वर शास्त्र का नियम है दाया स्वर बाया स्वर सूर्य स्वर और चंद्र स्वर भी इसको बोलते हैं तो जो भी आपका स्वर चल रहा होगा वो पैर आप दरवाजे के मेन गेट के बाहर रखेंगे ऐसा करने से सब मंगल ही मंगल होगा और बहुत हद तक की जो है उम्मीद है कि आपको जॉब वो मिले इंटरव्यू में आपको सक्सेस हो इंटरव्यू वाले दिन सूर्योदय से पहले ही देखिए आप लोग स्नान कर लीजिएगा और उस पानी में स्नान करने से पहले आपको दो चुटकी हल्दी मिलानी रहेगी और उसके बाद आप लोग ट्राइंगल एक बना दीजिएगा जिस बाल्टी में आप लोग जल डालेंगे दो चुटकी हल्दी डालेंगे मिला लीजिएगा उसके बाद अपनी अनामिका उंगली से एक ट्रायंगल बनाइएगा और उस ट्रायंगल के बीच में श्रींग लिखिएगा और इसके बाद आप उस जल से स्नान कर लीजिएगा पूजा के लिए जब भगवान के कमरे में आप जाएंगे पूजा घर में अपने आप जाएंगे तो ग्यारह अगरबत्ती आप जलाइएगा और अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए अपनी कामयाबी के लिए आप भगवान की प्रार्थना जरूर करिएगा ग्यारह अगरबत्ती रहेगी तो ये भी इंटरव्यू के लिए और नौकरी पाने के लिए एग्जाम में सम्मिलित होने के लिए बहुत कारगर उपाय है दर्शकों यदि आप भी जाते हैं और आपका आधे नंबर एक नंबर दो नंबर से जो है सलेक्शन रुक जा रहा है फिर चाहे वो आपका जो है रिटर्न एग्जाम हो फिर चाहे मेन्स हो या इंटरव्यू हो तो आपको करना क्या रहेगा बहुत ही विशेष प्रयोग है ध्यान से सुनिएगा सावधानीपूर्वक सुनिएगा बार बार आप असफल हो रहे हों तो शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष रहेगा प्रथम गुरुवार रहेगा आपको सात हल्दी की गाठ लेनी है सात सा, जो है आपको गुड़ की डली लेनी है और एक रुपये का सिक्का लेना है एक पीले कपड़े में इन सब सामग्री को आपको रखना रहेगा और इसको आप बांध दीजिए बांधने के पश्चात अपने सर के ऊपर से आप लोग इसको सात बार एंटी क्लाक वाइज नोटा क्लाक बामा वर्त करना है दक्षिणा वर्त नहीं करना है तो एंटी क्लॉकवाइज सर के ऊपर से सात बार उतारिए और जो भी पीपल का पौधा आपको दिखे आप पीपल के पौधे के नीचे इसको रखाइए या अगर पीपल का पौधा नहीं मिल रहा है आसपास जो है कोई आप जो है और पौधा है बरगद का हो या रेलवे ट्रैक वगैरह हो तो कहीं किनारे आप इसको ले करके फेंक दीजिए और एक बात बताएं पीछे आपको मुड़ कर नहीं देखना रहेगा तो इस प्रयोग को करने से निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी ये आप लोग प्रयोग जरूर करिएगा देखिए हमारे पुराणों में हमारे वेदों में हमारे शास्त्रों में पीपल के पेड़ को बड़ा महत्व दिया गया बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी यदि आप सेवा करते हैं तो आपके भाग्य से इसको जोड़ा गया है तो पीपल का पौधा आपके लिए जो है नौकरी के लिए भी बहुत कुछ ले करके आया है तो आपको करना क्या रहेगा पीपल के पेड़ पर देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास माना जाता है तो आपको करना क्या रहेगा पीपल के वृक्ष पर आपको नित्य जल चढ़ाना रहेगा संडे को बस नहीं चढ़ाना रहेगा तो ये भी यदि आप प्रयोग कर रहे हैं नित्य तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उस जल को चढ़ाने से पहले उसमें हल्दी डाल दीजिएगा एक चुटकी तब आप जल चढ़ाइएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाए मंत्र से आप चढ़ा सकते हैं इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि शनिवार के दिन जब आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएंगे तो आप उसमें थोड़ा सा दूध भी मिला लीजिएगा और शनिवार को तेल का एक दीपक भी आप लोग जला दीजिएगा आजीविका के साधन प्राप्त होंगे नौकरी व व्यापार में आपको लाभ होता हुआ दिखेगा तो ये सब प्रयोग देखिए दर्शकों बहुत ही ज़्यादा जो है हिट प्रयोग है बहुत ही ज़्यादा माने गए प्रयोग हैं इनको आप लोग जरूर करिए एक लास्ट प्रयोग हम और बताते हैं लाख प्रयास यदि आप कर लिए और फिर भी नहीं सफल हो रहे हैं तो करना क्या रहेगा कुआ देखिएगा जिसमें जल हो तो उसमें शुक्रवार वाले दिन शुक्रवार से आपको स्टार्ट करना है और उसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना रहेगा लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि वो कुआ सूखा हुआ ना हो तो इसको आप लोग प्रत्येक शुक्रवार कर सकते हैं या यदि आप हर दिन कर रहे हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 60 दिन का नियम जरूर लगाइएगा साठ दिन लगातार करिएगा ये भी यदि आप करते हैं तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी ऐसा हमारा बिल्कुल दावा है तो दर्शकों फिर भी एक बार आप लोगों से गुजारिश है आप लोग चाहे जितने प्रयोग कर रहे हैं फिर भी नहीं मिल रही है तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा आपकी कुंडली में हो सकता है कि जो है कोई ग्रह दोष लगा हुआ हो या दोष लगा हुआ हो या आपकी कुंडली जो है डीटेन चार्ट वगैरह सब डिविजनल जो चार्ट है ये बहुत अच्छे ना हों तो कोशिश कीजिएगा प्रयास करिएगा कि अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहे हमसे करवाइए चाहे किसी और जोशी से करवाइए जरूर करवाइएगा कि किस कारण आखिर में आपके नौकरी में बहुत ज्यादा जो है बाधा आ रही है हमारे तमाम जो सक्सेस जो है दर्शक हैं जो हमसे जो जो है मिलने के बाद उनको लाभ होता है तो भागीरथ श्रृंखला आप लोग जाकर के देख सकते हैं तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम और हाँ आप लोग कंजूसी मत करिए क्योंकि आपके तमाम मित्र होंगे जो भी बेरोजगार होंगे उनको भी आप लोग जम करके इस वीडियो को शेयर करिए और हाँ इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर किया होगा दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार